सब हाँ वैसे एक बात कर मेरे को आप पूछिए दुनिया में सबसे अच्छी यारी किसकी होती है सबसे यारी मोहब्बत की यारी ना फिर दोस्ती की यारी ना फिर तुम बताओ फौजी की यारी फौजी की यारी